तो उसको 20 चुराये पे कभी जिंदा जला दो यही हमारा। आपने और ये तो काम ऐसा होना चाहिए अगर वो पता चल जाए ना उनको पता चल जाएगी कौन है लड़की है औरत, तो उसको 20 चुराये पे कते जिंदा जला दो यही है हमारे आपने देखा तो बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हरियाणा के पानीपत जिले से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के पानीपत जिले के विकास नगर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि विकास नगर गली नंबर एक में लगे एक ट्यूबवेल में एक नो माका जी हां नौ माँ का एक भ्रूण मिला है यह भ्रूण लड़का बताया जा रहा है तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वहीं दूसरी ओर लोगों में जबरदस्त गुस्सा भी देखा जा रहा है लोग कहीं ना कहीं कलियुग माँ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं जानकारी देना चाहेंगे की पानीपत के विकास नगर की अगर हम बात करें तो गली नंग गली नंबर एक में लगे ट्यूबवेल के गड्ढे में सुबह एक का भ्रूण मिलता है डेढ़ घंटे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस थाना चांदनी बाग पुलिस ने लोगों की मदद से गड्ढे से भ्रूण को बाहर निकलवाया और वहीं दूसरी ओर पार्षद अतर सिंह रावल ने बताया कि यह ट्यूबवेल नंबर दो है जी हां गली नंबर एक का ट्यूबवेल नंबर दो है जहां पर नौ माह का एक भ्रूण जो की लड़का बताया जा रहा है वो मिलता है और वहीं दूसरी ओर ट्यूबल के आसपास कई मकान बने हुए थे यह वाक्य सुबह 10 बजे का बताया जा रहा है कर्मचारी रोहान ट्यूबल बंद करने के लिए गया था तभी उसकी 5 फिट गहरे जी 5 पांच फिट गहरे गड्ढे में एक ब्रून नजर आता है ब्रून पेट केबल पड़ा हुआ था घटना की जानकारी पर आसपास क्षेत्र के लोग जमा हो गए जिनमें जबरदस्त गुस्सा जरूर देखा गया वही दूसरी ओर लोग कहीं ना कहीं मां के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं पार्षद ने यह भी जानकारी दी है कि करीब डेढ़ घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आशंका है कि उसकी मौत गड्ढे में गिरने से हुई है पुलिस का कहना है कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है भ्रूण किसने फेंका है इसकी जांच कही कहीं ना कहीं आरंभ कर दी है तो ये शर्मनाक तस्वीरें हैं हरियाणा के पानीपत जिले की विकासनगर की तस्वीरें हैं गली नंबर एक ट्यूबवेल नंबर दो की ये तस्वीरें हैं जहां पर भ्रूण मिलता है जितने भी लोग हमारी है इस, इस, इस विषय में स्थानीय पुलिस क्या कहती है और वही दूसरी ओर स्थानीय लोग क्या, क्या कहते हैं जिनमें जबरदस्त रोष देखा जा रहा है देखिए और ये तो काम ऐसा होना चाहिए अगर वो पता चल जाए ना उनको पता चल जाएगी लड़की है यही है आपने देखा बच्चा कितने दिन का लग रहा है बच्चा तो अभी सात रात का ही है बच्चा कोई ज्यादा दिन कितने महीने है? का लग रहा है लग रहा है? महीना पूरे महीने का बच्चा है आठ नौ महीने का पूरा बच्चा है क्या ना मजी आपका पूरा नौ महीने का बच्चा है कोई ये नहीं छोटा मोटा बच्चा पहले नहीं पता था अगर किसी देखो अगर कोई चीज है मैं खुद अपने पे कह रही हूँ अगर पेट में बच्चा है पता चल जाता अगर गिर नहीं था तो दो तीन महीने का गिरवा देते ये पूरा पाटा बच्चा करके बेचारा वो भी पाप में दसा उसने क्या बुरा करा बुरा था उसने, करा, उसने क्या बुरा क्या नाम है जी आपका मेरा नाम रेखा एरिया ये क्या मिला था क्या आप मौके पर पहुंचे क्या देखा साढ़े दस बजे के द... आसपास मेरे पास फोन आया था नरेश नाम का लड़का है उसने कहा था अंकल जी हमारे जो ट्यूब है ट्यूबवेल के अंदर एक भूषण पड़ा हुआ है जिल्दी जिल्दी आप जल्दी जल्दी यहाँ पहुँचो तो मैं यहाँ तुरंत पहुँचा पहुँचने के बाद मैंने देखा तो इसके अंदर एक बूसण मुंदे मुँह मतलब ऐसे उसका मुँह नीचे और वो पड़ा हुआ था सांस वगैरह उसके अंदर नहीं था अगर सांस कुछ होता है ऐसी कोई बात थी तो मैं उसको निकाल कर हॉस्पिटल में पहुँचाता हूँ लेकिन उसकी डेथ हो चुकी थी और बाकी आम पब्लिक खड़ी हो गई ऐसी हमारा रूहान नाम का लड़का है और रूहान वो लड़का लेबर काम करता है वो ट्यूबवेल बंद करता है सबसे पहले उसने देखा ही और उसने सबको बताया उसके बाद मेरे पास नरेश का फ़ोन आया फिर नरेश ने देखा फिर हमने सब ने देखा और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर दिया और पुलिस भी अभी तक नहीं पहुँची है दो घंटे हो गए हैं पुलिस को फोन किया हुआ बहुत बुरा हाल हो चुका है और जिसने भी ये काम किया है बहुत घनौना काम किया है और इसके खिलाफ मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसकी जांच भी होनी चाहिए ये चाहे कोई भी हो इसको बख्शा ना जाए क्योंकि इससे गलत संदेश जाएगा पानी की सप्लाई भी ऐसी होती है हाँ जी हाँ जी पानी की सप्लाई भी होती है चलो वो तो खैर होती बंद थी अगर जो पानी में गिर जाता बोर के अंदर डल जाता तो ये बीमारी का कारण भी बनता कई हज़ार आदमी इससे जो है बीमार हो जाते और बहुत बुरा काम हो गया था एक जिसने भी किया है बहुत घिनोना काम किया है और इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की तो लगता है कि बिल्कुल अब तो कलयुग है इस हिसाब से कलयुग में जी पता ही है हाँ आपने तो कलयुग में कौन क्या कर देता है तो गंदे माँ बाप होते हैं ऐसे जो जिसने काम किया है बहुत घटिया है वो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था भी भी जांच हो इसकी। बिल्कुल जांच होनी चाहिए जी गर घर जाँच होनी चाहिए पुलिस एसपी पी साहब कैसे ही मिलेंगे हम एसपी पी साहब देखेंगे इसकी जांच की जाए और जो इसमें दोषियों हो खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगा मेरे हिसाब से तो यू बच्चा तो पूरा है जी सात आठ नौ महीने का लग रहा है पूरा क्योंकि बच्चे के सिर के ऊपर बाढ़ भी है पूरे और बच्चा देखने में भी ऐसे लग रहा है कि बच्चा पूरा है कम नहीं है की तो है, पकड़ी ना लेते हैं उन्हें देखो जिनका चिंता रात दिन रोती है तो हम हम के लिए खाती हैं और ये तो काम ऐसा होना चाहिए अगर वो पता चल जाए ना उनको पता चल जाएगी भाई ये कौन है लड़की है या औरत है उसको बीस चुराए पर कभी जिंदा जला दो बस यही है हमारा आपने देखा बच्चा कितने दिन निकाला लग है बच्चा तो अभी रात का ही है बच्चा कोई ज्यादा दिन कितने महीने का लग रहा है अलग महीना पूरे महीने का बच्चा है आठ नौ महीने का पूरा बच्चा है क्या नाम है जी आपका? आ, पूरा नौ महीने का बच्चा है कोई ये नहीं भी छोटा मोटा बच्चा है नी? पहले नहीं पता था अगर किसी को, देखो अगर कोई चीज है मैं खुद अपने पे कह रही हूँ अगर पेट में बच्चा है पता चल जाता अगर गिर नहीं था तो दो तीन महीने का गिरवा देते ये पूरा पाटा बच्चा करके बेचारा वो भी पाप में दसा उसने क्या बुरा करा बुरा था उसने कराया ना अगले उसने क्या बुरा कराया क्या ना मजी आपका मेरा नाम रेखा